परासिया में कंपनी सियाल घोघरी कोल ब्लॉक महिलाओं के लिए कई फायदेमंद स्कीम चला रही है जिसमें महिलाओं को निशुल्क सिलाई सेंटर व ब्यूटी पार्लर स्किल सिखाई जा रही है इस स्कीम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है वहीं उन्होंने कंपनी का आभार व्यक्त भी किया परासिया के कोयलांचल क्षेत्र में निजी कंपनी सियाल घोगरी कोल ब्लॉक द्वारा गाँव की महिलाओं और युवतियों के लिए कई फायदेमंद स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत गाँव की बेटियों व महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर व ब्यूटी स्किल्स की निःशुल्क पाठशाला चलाई जा रही है जिससे गांव की जनता काफी खुश है सिलाई सेंटर से कई युवतियां अपना रोजगार व परिवार का पालन पोषण भी कर रही है ऐसे कई कार्य कंपनी सियाल घोघरी ब्लॉक कर रही है जिसका युवती और महिलाओं ने आभार व्यक्त किया में जो माइंस है से उनकी तरफ से हमें प्रशिक्षण दिया गया सिलाई का और प्यूटिशियन का जिससे हम लोगों को बहुत हेल्प हुई हमने बहुत कुछ सीखा और अपने मतलब सीख करके वो एक हमारा कमाई का एक जरिया बन गया जो सीएसआर के तहत कार्य कर रहे हैं जिसमें सिलाई प्रशिक्षण एवं महिलाओं को ब्यूटिशन की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उसका ये छठवें बैच का आज प्रारंभ किया जा रहा है और इससे पूर्व में जब से दो से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है सिलाई प्रशिक्षण का उसमे पांच बैच जो है प्रति बैच दस लड़ते हैं जिसमें महिलाएं आसपास के ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती है जिसमें काफी लोगों का रुझान देखा गया है और काफी प्रोग्रेस किया है इन्होंने इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं